चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता मैं ठीक कह रहा हूँ ना लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है जी हाँ गाइज ये चाय शब्द इंडियन नहीं है बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है पर सवाल ये फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलेगा मिलते अगली वीडियो में